हाय आई एस में वाजिकोज और आज हाँ हम बात करेंगे कि अगर आप न्यूट्रोसुटिकल प्रोडक्ट या फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप फूड सप्लीमेंट या डायट्री सप्लीमेंट या न्यूट्रोसुटिकल्स की मार्केटिंग कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू कर सकते हैं किस तरह के लाइसेंस की आपको जरूरत होगी उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्चुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत ही वार्ड सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें बहुत सारे सेक्टर बहुत सारी इंडस्ट्री आपस में इस तरह मिक्स है कि उनको डिवाइड करना और उनको डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट उठा के देखते हैं तो उसमें 40 परसेंट थर्टी परसेंट या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो फार्मास्यूटिकल नहीं होते वो डाइटरी सप्लीमेंट फ़ूड सप्लीमेंट या फिर न्यूट्रासटिकल की कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए आपको फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता मैनुफैक्चरिंग भी उनकी अलग वे से होती है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको अलग तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है तो उनमें आपको फार्मा से जुड़ा हुआ ड्रग लाइसेंस नहीं चाहिए होता है लेकिन फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास 30 टू 40 परसेंट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल में ना आके फूड सप्लीमेंट में डायट्री सप्लीमेंट में या न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आते हैं और अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में कि कौन सा प्रोडक्ट फार्म में बना हुआ है कौन सा न्यूट्रासुटिकल या फूड सप्लीमेंट में बना है तो उसका सिंपल सा होता है जब भी आप किसी प्रोडक्ट का कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले तो उसके जो टैक्स रेस होती है टैक्स कि जो स्लैब होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं मेडिसिन होती है वो 12 परसेंट में आती है और जो फूड या डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रोसुटिकल्स आते हैं वो 18 परसेंट की कैटेगरी में आते हैं अगर उस पर अठारह परसेंट अगर जीएसटी लगा हुआ है तो वो बेसिकली सी बात है कि वो फूड सप्लीमेंट में बना होगा अगर आप टैक्स से जुड़ा हुआ आपके पास कोई वो नहीं है और आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि कौन सा फूड सप्लीमेंट में आएगा कौन सा फार्मा में आएगा तो जहाँ पे कंपोजिशन लिखा होता है क्योंकि सेम चीज बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन वगैरह होते हैं जो फार्मा में भी बनते हैं फूड सप्लीमेंट में भी, भी बनते हैं और जब वो दोनों ही तरह से बनते हैं फार्मा में भी बनते हैं फूड में भी बनते हैं तो उनका डिफरेंशिएट करना वहां पे जरूरी हो जाता है तो जब डिफ्रेंशिएशन की बात आती है जो फार्मास्यूटिकल में बना होगा तो जब आप कॉम्पोजिशन चेक करेंगे तो उसके जो आगे होगा जो जैसे विटामिन सी लिखा हुआ है विटामिन डी लिखा हुआ ए लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ है तो वहां के उसके आगे आईपी यूएसपी या लिखा होगा आईपी से हम इंडियन फार्माकॉपिया यूएसपी से यूनाइटेड स्टेट फार्माकॉपिया से ब्रिटिश फार्माकॉपिया तो ये रेफरेंस होते हैं जो फार्मास्यूटिकल कि जब भी हम इंग्रीडियंट यूज करते हैं एक्टिव इंग्रीडियंट यूज करते हैं तो हमें वहां पे मेंशन करने होते हैं लेकिन जब वही चीज आपको वही चीज आपको फूड सप्लीमेंट में मिलेगी डाइटरी सप्लीमेंट में या न्यूट्रोसुटिकल में मिलेगी तो वहां पे रेफरेंस नहीं होते वहां पे सीधा केवल ये लिखा होगा विटामिन सी और सीधा उसका जो फॉर्म होगा वो लिखा होगा वहां पर आईपी बी या यूएसपी वगैरह नहीं होगा तो ये डिफ्रेंसियन का थोड़ा तरीका होता है अब आते हैं पे अगर आपको फूड सप्लीमेंट करना है आप नहीं नहीं ले सकते लंबा नहीं कर सकते लंबा कर और केवल आप एक सीगमेंट पकड़ते हो फार्मासुटिकल इंडस्ट्री का और केवल फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रोसुटिकल पे या डाटा सप्लीमेंट पे ही केवल काम करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपको लाइसेंस की जरूरत होगी वो आपको जो एफ लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है जनरली जो फूड सप्लीमेंट है डाइटर सप्लीमेंट है वो काफी महंगे आइटम होते हैं तो जो भी फूड अथॉरिटी जब भी हम न्यूट्रोसोटिकल या फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कराने जाते हैं तो वो हमें स्टेट लाइसेंस के लिए प्रेफर करती है रिकमेंड करती है कि आपको स्टेट लाइसेंस लेना चाहिए जो FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होता है वो टर्न ओवर बेसिक पे होता है 12 लाख ,00 के ओवर से कम रजिस्ट्रेशन पे भी काम चल जाता है उससे ऊपर स्टेट लाइसेंस फिर सेंट्रल तीन कैटेगरी बेसिकली डिवाइडेड होती है वहां पे। तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की या फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती जब आप FSSAI एस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं सिंपली आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट ऑनलाइन आपको मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप पूरा प्रोसीजर लॉग करके वहाँ पे अपना अकाउंट बना के पूरा जो भी वहाँ पे स्टेप दिए गए हैं उनको कंप्लीट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं हर हाँ स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है कहीं जगह आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराने पड़ते हैं अपनी फूड अथॉरिटी में कहीं जगह नहीं भी कराने पड़ते हैं तो आपका जो स्टेट पड़ता है उसके हिसाब से आप जो भी वहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई होता है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन सभी स्टेट का एक ही सेंट्रलाइज बोर्डर होता है और वहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो तो अगर जनरली हम फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट कैटेगरी आती है अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं जो एज फूड सप्लीमेंट डाइट्री सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन न्यूट्रासूटिकल बेचे जाते हैं उनमें जितने भी ओमेगासी फैटी एसिड्स हो गए डी एच ए सी मिनरल्स होंगे एंजाइम्स भी आते हैं उसमें ब्लैकोपिन वगैरह के जितने कंपोजिशन आते हैं वो भी फूड एंड सप्लीमेंट में बनते हैं तो बहुत ही वास्ट कैटेगरी में फूड सप्लीमेंट का इनोटास्यूटिकल्स का फार्मासुटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और वो एक इजी वे रहता है क्योंकि ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा लाइसेंस की आपको वहां पर जरूरत नहीं पड़ती तो उस तरह आप इजिली अपना जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप फार्मास से रिलेटेड नहीं करना चाहते तो आप फूड सप्लीमेंट में डायट्री सप्लीमेंट में न्यूट्रासुटिकल्स द्डिश्टि की मार्किटिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हो और वो भी आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री का बहुत ही अच्छा और सिंपल वे हो सकता है उसके द्वारा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग